आज का हमारा चैप्टर होने वाला है यूरोपीय संघ के बारे में जो कि यह सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कीजिए के या फिर आप सत्ता के नए केंद्र कीजिए तो वेलकम आपका बहुत बहुत और शुरू करते हैं आज की वीडियो और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा एक रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना और मुझे ज़रूर पता कि जाना वीडियो कैसी लगी चलिए शुरू करते हैं तो जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन पेपरों में आए हुए हैं और यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है एक मिनट में ये बदल लूँ और चलिए तो यहाँ पर सीधा सा आंसर है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई और इसके जो मुख्य उद्देश्य वो थे आपको पहले तो याद रखना है कि जो भी कोई भी संगठन है न, वो किस लिए ज़्यादा बनता है तो वो ज़्यादा बनता है आर्थिक विकास में तेज़ी लाने के लिए और सामाजिक प्रगति में और सांस्कृतिक विकास करने के लिए वैसे ज़्यादातर जो देखा जाता है वो देखा जाता है कि आर्थिक विकास के मामलों में तेज़ी लाने के लिए किया जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब जो इसका दूसरा पॉइंट होगा वो ये होगा कि कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के जो चैटर है यूएनओ का जो चैटर है उसके सिद्धांत के आधार पर क्षेत्रीय शांति को स्थिरता को बढ़ावा देना अब जो मतलब चैटर है यूएनओ का उसमें मतलब जो नियम दिए हुए हैं और सिद्धांत दिए हुए हैं कि कैसे शांति को बढ़ाया जाए उसके अनुसार स्थिरता को बढ़ावा देना अगला क्वेश्चन क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के झंडे में बारह सोने के सितारे हैं ठीक है एक घेरे में एक प्रतीक के रूप में क्यों दर्शाए गए तो ये क्वेश्चन जो है 12 और 11 में आ चुका है ठीक है तो आप पता भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो और इसके अथवा में ही क्वेश्चन है बिल्कुल यही क्वेश्चन इन दोनों का एक एक आंसर बनेगा यूरोपीय संघ के झंडे पर सुनहरे सितारे वाला व्रत क्या दर्शाता है मतलब जो झंडा है उस पर ऐसे गोल गोल हैं और एक दो तीन चार ऐसे करके बारह सितारे मेल झुल से बने हुए हैं आपने देख रखा होगा मैंने वीडियो में बता रखा है तो मतलब वो क्या दर्शाते हैं तो अभी समझ समझते हैं कि क्या दर्शाते हैं तो इसका आंसर है सर्क सर्कल यूरोप के लोगों के बीच एक जु, एकजुटता को दर्शाता है और शांति के लिए खड़ा है इसमें बारह सितारे हैं जो आपस में मेल मिलाप का प्रतीक है एकता का प्रतीक आप ये याद रखेंगे बस कि मेल मिलाप का प्रतीक है और बारह को वो शुभ भी मानते हैं ठीक है थीके? चीन के साथ भारत के सुधार संबंधों की व्याख्या कीजिए कि चीन जो है उसके साथ भारत के संबंध जो हैं वो कैसे हैं ठीक है थीके? तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं और ये जो भी आया हुआ होता है मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ कि कौन से ट्रम में कहाँ से लिया गया है से आया है ठीक है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत और चीन के संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन को देखने को मिले मतलब जब यहाँ पर शीत युद्ध खत्म हो गया था सोव संघ का विघटन हो गया उसके बाद जो है भारत और चीन के बीच के संबंध में परिवर्तन देखने को मिले ठीक है तो यहाँ पर जो है राजीव गांधी जो थे वो दिसंबर नाइनटीन में राजीव गांधी ने यात्रा के दौरान सरकार ने संघर्ष को रोका मतलब जो संघर्ष था बीच में जो युद्ध हो गया था उन्नीस में जो विवाद चल रहे थे उनको ख़त्म करा और शांति को बनाए रखने का प्रयास किया ठीक है सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक समझौते पर दोनों ने हस्ताक्षर किए परिवहन और संचार में वृद्धि ने अधिक मतलब परिवहन आगे बढ़ा और संचार भी आगे बढ़ा और आर्थिक संबंध भी अच्छे हुए स्थापित हुए ठीक है तो ऐसे शब्द जो आते हैं वो मैं पढ़ता इसलिए नहीं हूँ कि वो इतने इंपॉर्टेंट से नहीं लगते ठीक है तो आपको समझ आए मैं इसलिए वही पढ़ता हूँ कि जो आपको बस समझ आ जाए चलिए आगे शुरू करते हैं सब और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पंचशील समझौता क्या है इसका अर्थ क्या है पंचशील का अर्थ क्या है ये एक ही क्वेश्चन है आई थिंक ये दो बार आ गया सॉरी ठीक है और नहीं नहीं नहीं नहीं ये जो क्वेश्चन है ग्यारह में भी आया और नौ में भी आया इसलिए मैंने दो बार लिखा है ठीक है स्टार्ट करते हैं शांतिपूर्ण से अस्तित्व के पांच सिद्धांतों को पंचशील के रूप में जाना जाता है जो पंचशील समझौता था वो भारत और चीन के बीच हुआ था 1954 में हुआ था ठीक है तो इस समझौते में क्या था भारत और चीन के संबंधों के आधार पर बनाया गया संधि के रूप में पहला औपचारिकता है जो कि 1954 में हुआ जब भारत और चीन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ पंचशील समझौता भारत चीन संबंधों के सिद्धांत के रूप में कार्य करता है ठीक है तो इसमें मतलब बेसिकली आ, कुछ समझौते दिए गए थे कि एक दूसरे की अखंडता के ख़िलाफ़ जो है सेना का विरोध नहीं करेंगे और लड़ेंगे नहीं ऐसे ही जो समझौते थे वो सब इसमें बताए गए थे मैंने आपको वीडियो में बता रखा है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट वन करके एक लिंक है उसको आप देख लेना ठीक है आगे शुरू करते हैं अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए चीन द्वारा उठाए गए किन्हीं दो कदमों को लिखी ठीक है तो हम देख सकते हैं कि जो चीन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक संगठन है तो उसने अपनी जो सुधार है अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए उसने कौन से नियम अपनाए वो हमें पता न तो चीन द्वारा अप अपनानी चीन द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए आ, दो कदम उठाए उन्होंने नाइनटीन में जो दांगे शिवपोंग ने, ने जो थी ओपन डोर यानी खोले द्वार की पॉलिसी की घोषणा की इसका उद्देश्य क्या था विदेशों से पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्च उत्पादकता बढ़ाना ठीक है तो विदेशी पूंजी आए और प्रौद्योगिकी बढ़े ये किसने करी थी नाइनटीन सेवेंटी एट में दंगेश्वर पोंग ने ठीक है कृषि का निजीकरण करा कर था और उद्योग का निजीकरण करा कर जिनकी वजह से जो है मतलब अर्थव्यवस्था और अच्छी होने लगी ठीक है तो ये था यूरोपीय संघ के गठन के क्या कारण से कारण थे यूरोपीय संघ को क्यों बनाया गया इसे क्या कारण थे वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है और जिस जिसने भी वीडियो देख रखी है उसको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि यूरोपीय संघ को क्यों बनाया गया था और किस लिए बनाया गया था किस संधि के द्वारा बनाया गया था मैंने बिल्कुल बताया रखा उस वीडियो में अगर नहीं देखी तो अभी देखो जाकर के शीत युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोपीय संघ का गठन हुआ ठीक है तो जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई यूएस के विघटन के बाद यूरोपीय देशों की बिखरी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए जो थी अमेरिका ने इनकी मदद की थी मार्शल योजना के तहत मदद की थी ठीक है बड़े पैमाने पर पश्चिमी यूरोप की मदद की थी ठीक है इसकी जो डेट है यूरोपीय संघ की वो 1991 में जो है आ, जो था सोवियत संघ का विघटन हो गया फिर जो है नाइन्टीन में जो है इसकी डेट है बनने की ठीक है आगे बढ़ते हैं मार्शल योजना क्या थी मैंने अभी आपको बताया मार्शल योजना वह थी अमेरिका ने जो थी पश्चिमी यूरोप की मदद की थी 1948 में और ज़बरदस्त मदद थी इसी को ही मार्शल योजना कहा जाता है ठीक है यही है और 1948 में की थी और ये, ये यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई ये आपको बताई दिया 1919 में हुई अगर पूरी डेट पूछ रहे तो सात फरवरी दो सात फरवरी 1919 टू में हुई और किस संधि के तहत हुई मोस्ट्री संधि के हस्ताक्षर करने के बाद ठीक है यूरोपीय संघ द्वारा प्रयोग किए गए प्रभाव क्या है ठीक है कौन कौन से प्रभाव हैं उसके आर्थिक प्रभाव है राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव हैं और आप ये भी लिख सकते हैं अमेरिका से ज़्यादा मतलब आ, उसका जो है विश्व व्यापार में हिस्सेदारी है अब हम आते हैं चार क्वेश्चन चार नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ नाइनटीन फोर्टी सेवन से सिक्सटी टू तक भारत चीन संबंधों का वर्णन कीजिए कि जब देश आज़ाद हुआ हमारा और जब नाइनटीन सिक्सटी टू में हमारे देश से चीन और भारत का युद्ध हुआ आ, उसके बाद चीन और भारत के संबंधों का वर्णन कीजिए ठीक है तो कैसे संबंध थे अब ये भी आ सकता है कि भारत और चीन के बीच तनाव के क्या कारण हैं ये बताना या फिर ये या आ सकता है कि स्वतंत्रता से नाइनटीन तक चीन के साथ भारत के कैसे संबंध थे वही है 1949 में चीनी क्रांति के बाद भारत कम्युनिस्ट पार्टी मान्यता देने वाला पहला मान्यता देने वाले पहले देश में से एक था ठीक है तो जन नाइनटीन वो 15 49 में चीनी क्रांति हुई थी भारत कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देता था ठीक है वो पहला देश था जो कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देता था प्रधानमंत्री उस समय जो थे फोर्टी में नेहरू थे और चीन के प्रधानमंत्री थे चाओ एंड लाइन सॉरी ये झाऊ लिखा हुआ है चाओ एंड लाई ठीक है चाओ एंड लाई प्रधानमंत्री थे जो उनतीस अप्रैल नाइनटीन फिफ्टी फोर को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पंचशील सिद्धांत को अपनाया तो किसने अपनाया था ये अगर आ जाए तो चाओ एंड लाइन ने अपनाया था इसको मैं रेड कर देता हूँ इसको चाओ एन लाई ने अपनाया था ठीक है चीनी आक्रमण और तनाव के संबंध क्या नाइनटीन फिफ्टी में तो 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्ज़ा करा और इस तरह दोनों देशों के बीच जो थे ऐतिहासिक बफर को हटा दिया जो चीन ने जो था तिब्बत पर कब्ज़ा कर लिया था 1950 में और इस तरह दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक बफर को हटा दिया मतलब जो आपसी वो था उसको हटा दिया और तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को ज्योति भारत ने शरण दी थी उन्होंने शरण मांगी फिफ्टी नाइन में और चीन ने आरोप लगाया कि वे आ, उनके अंदरूनी मामलों में भारत जो है घुस रहा है और पंचशील की भी आलोचना हुई और लद्दाख का अक्साई जो चीन है और पूर्व का अरुणाचल में जो नेफा क्षेत्र है उस पर दोनों का विवाद है चीन कहता है कि मेरा है लेकिन भारत कहता है ये मेरा है ठीक है और अक्टूबर 1962 में जो था वो चीन ने आक्रमण कर दिया बड़े पैमाने पर जो चीनी आक्रमण थे आ, जो सैनिक थे वो अंदर तक आ चुके थे और भारत को इतना पता नहीं था कि लड़ाई युद्ध होने वाला है ठीक है अंत में चीन ने एक मतलब चीन ने खुद ही कह दिया कि अब इस युद्ध को हम खत्म कर रहे हैं और युद्ध विराम लगा दिया लेकिन क्या था भारत इसमें हार गया था लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे थे ठीक है उन्नीस के दशक में चीनी नेतृत्व द्वारा लिखे लिए गए दो प्रमुख नीतिगत निर्णय क्या थे ठीक है या फिर यह आ सकता है चीन की किनी चार, चार नई आर्थिक नीतियों के बारे में बताओ जो तीव्र विकास करने में उनसे कर रही है या फिर यह आ सकता है 1978 से चीन की नई आर्थिक नीति तो चीन ने कब अपनाई थी 1978 में अब आप मेरे को ये कमेंट करके बताएंगे कि भारत ने अपनी नई आर्थिक नीति कब अपनाई थी ठीक है तो यहाँ पर चीन की आर्थिक सफलता को एक महान शक्ति के रूप में उदय से जोड़ा जा सकता है प्रमुख नीतिगत निर्णय चीन की नई आर्थिक नीतियाँ थीं ठीक है उन्होंने क्या करा था चीन ने 1962 में 172 में संयुक्त यू से अमेरिका से संबंध बनाए और अपने राजनीतिक और आर्थिक अलगाव को समाप्त कर दिया और नाइनटीन में प्रेमियर चाउ एन लाइने चाउ एन ठीक है चाओ लाई द्वारा चार आधुनिककरण अपनाए गए इनका मतलब आधुनिकीकरण किया गया कृषि उद्योग विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सैन्य ठीक है एक दो तीन और तीन और एक चार इसको आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते सैन्य का इतना इम्पोर्टेंट नहीं सैन्य वाला ठीक है प्रस्ताव रखे किसने रखे थे यहाँ पर चाओ लाई ने रखे थे ठीक है अब यहाँ पर भी डांगे नहीं डांगे शिवपोंग जो थे उन्होंने चीन में ओपन डोर की नीति अपनाई थी अभी हमने ऊपर पढ़ा और आर्थिक सुधारों की घोषणा की थी इसका उद्देश्य अन्य देशों से पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्च उत्पादकता उत्पन्न करना था ठीक है 1982 में इन्होंने अपना कृषि का निजीकरण कर दिया मतलब प्राइवेट सेक्टर में इन्होंने अपनी कृषि को दे दिया ठीक है नाइनटीन में उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया इस तरह जो था तो आगे बढ़ता गया ठीक है और इन्होंने जो था अभी सोबियत संघ की तरह जो था ऐसा नहीं करा कि शोक थेरापी अपना दी काले बाजारियों को बेच दिया तो इन्होंने बिल्कुल समझदारी के साथ चला अपना